तो इस YouTube बनाने के लिए हमारे लिए क्या करना होगा सिंपल सा हमें यहाँ पर जो YouTube का बटन दिख रहा है आइकोन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और हम YouTube के अंदर पहुँच जाएंगे तो हम अभी पहले हमने जी इसमें Google बनाया क्योंकि Google अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है Google अकाउंट बनाने के बाद अब हम जाएंगे कैसे YouTube अकाउंट बनाते हैं तो अब हम बना रहे हैं यूट्यूब अकाउंट यूट्यूब अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले गूगल की गूगल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है और आप देख सकते हैं गूगल अकाउंट तो सिंपल सा हमारे लिए यहाँ पर क्या करना है हमें यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमारा जो YouTube है वो खुल जाएगा और YouTube खुलते ही हमें उस पर यहाँ पर जो मेरा एक जो मेरी फोटो है या फिर हम भी लोगों कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर मैं कोई लोगों डालता तो वो होता लेकिन मैंने फोटो डाली है अपनी तो इसलिए मैं उसी तो मैं अपनी इस पर जो फोटो मेरी दिख रही है इस पर मुझे सिंपल सा लेफ्ट क्लिक करना है क्लिक करते यहाँ पर देखिए क्रिएट ए चैनल का बटन जो आ रहा है तो मुझे यहाँ पर सिंपल सा क्रिएट ए चैनल के बटन पर क्लिक कर देना है क्रिएट ए चैनल के बटन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरी फ़ोटो जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है तो सिंपल सा क्या मुझे यही नाम रखना है अपने यूट्यूब चैनल का तो मैं यही नाम रख सकता हूँ या फिर मुझे अगर यही नाम नहीं रखना है तो मैं कुछ और यहाँ पर नाम रख सकता हूं तो मैं यहां पर नाम कुछ और रखने वाला हूं बुंदेल मैं यहां पर नाम रखता हूं बुंदेलखंड क्योंकि बुंदेलखंड हमारा यहां पर बहुत बड़ा चित्र है और ये बहुत अच्छा प्रसिद्ध क्षेत्र तो मैं यहां पर लिखता हूं बुंदेलखंड तो मैंने इसे बुंदेलखंड के नाम से इस चैनल को मुझे बनाना है लेकिन बुंदेलखंड के साथ मुझे कुछ और तो आपको जो भी नाम से बनाना है आप अपना एक नाम सोच करके इसमें रख सकते हैं तो मैं इसमें बनाता हूं बुंदेलखंड 19 तो मैं इसे बुंदेलखंड 19 के नाम से बना देता हूं और फिर बुंदेलखंड 19 के नाम से बना देता हूँ किसकी क्योंकि इसके अंदर करीब उन्नीस जिले के समथिंग आते हैं और मेरी प्रोफाइल पिक्चर अभी यही रहेगी लेकिन बाद में मैं उसे बदल दूँगा तो यह मेरा बुंदेलखंड है तो बुंदे बुंदेलखंड 19 करने के बाद मैं इस पर क्रिएट चैनल पर क्लिक कर दूंगा जैसे मैं से क्रिएट चैनल पर क्लिक कर दूंगा आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल जो है बनने के लिए आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और मेरा चैनल कुछ ही क्षणों में हमारे बन कर हमारे सामने आ जाएगा तो हमारा चैनल जो है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बन कर सामने आने वाला है तो आप देख रहे होंगे कि प्रोसेसिंग यहां पर चल रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि नेट हमारा थोड़ा चलो है ये हमारा बुंदेलखंड नाइनटीन नाम का जो चैनल है वह हमारा बनकर के हो चुका है कंप्लीट अभी यही एक हमने ब्लॉगिंग चैन भर चैनल बनाया है जिस पर हम किसी प्रकार की कोई भी वीडियो या पोस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं अब इसका हम एक थम्बेल भी क्रिएट करेंगे और थम्बेल क्रिएट करने के बाद हम उस थम्बेल को इसमें लगा देंगे और जिससे कि हमारा चैनल जो है बढ़िया दिखे और ब्रांडिंग उसकी बढ़िया दिखे और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें फिल कर देंगे इसके साथ हमारा एक जीमेल भी मिला है क्योंकि जो हमने गूगल अकाउंट बनाया है तो उससे पहले हमें एक जीमेल ही बनाना पड़ा था तो मैंने यहाँ पर अपना जीमेल जो बना दिया था तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिंपल सा सारी चीज़ें हैं और ये मेरा अकाउंट बन कर हो गया तैयार मैं आपको यहाँ पर एक अकाउंट जो मेरा है मैं उसे सर्च करके भी बता देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल गुरुजी आज़ाद जैसे हम लिखेंगे तो वहाँ पर टेक्निकल गुरुजी आज़ाद लिखते ही यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है शो करने लगा फर्स्ट पर सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट है तो आपको इसको सिंपल सी इस टेक्निकल गुरुजी आज़ाद पर आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब एवं इसका आइकन प्रेस कर देना है आप देखेंगे इस प्रकार से तो यहाँ पर हमारा जो चैनल इस पर इस पर आपको किसी प्रकार की कोई भी अगर कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी आपको केवल कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको लिखना है कि हमें क्या चाहिए तो जो जो भी आपकी समस्या है जिस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए जो आप सुझाव देंगे उसी प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी बहुत जल्द धन्यवाद